है गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो गाइस आपका इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ और आज तो बहुत ही अच्छा मौसम और खा इसलिए तो मैं बाहर ही बैठा हूँ और तीन दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है और आजकल इंटरेस्ट नहीं आता वीडियो बनाने में क्योंकि ना सब्सक्राइब है और ना वो टाइम है अगर वो टाइम ही नहीं है और सब्सक्राइब नहीं है तो क्या करूं मैं वीडियो बनाकर तो प्लीज़ गाइश आप लोग जितने ज़्यादा हो सके उतने इंस्टाग्राम पर और जितने ज़्यादा हो सके उतने यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़ाए और बाकी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूं तो गाइश ये देखो इतना भयंकर मौसम और रखा कि बैस लगता है कि जैसे तूफान आएगा तूफान तो नहीं आने वाला पहले ही बारिश हो गई अब तो क्या क्या तूफ़ान तो आएगा और पहले से बह हुई थी और अब अब हो गई और ये ऊपर से अच्छा सा व्यू है तो को एकदम ब्राइटनेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एकदम साफ एकदम अच्छा दिखेगा इसलिए ये देख लो और यहाँ यहाँ से ज़्यादा ये हवेली सबसे बड़ी है और ये तो छोटी सी है और सबसे ज़्यादा बड़ी हवेली यही है हमारे गांव में सबसे ज़्यादा और तो ऐसा ही है हे hey गाइश तो अभी मौसम और खाई है और अभी मैं खाना खाता हूँ जाकर तो अभी तक तो खाना नहीं खाया है मैंने तो अब खाना खाता हूँ हे गाइश तो खाने में है टी की सब्ज़ी और रोटी और कैरी का अचार तो अभी मैं खाता हूँ तो तो ये देखो पर सो रखा है उठ उठ जा तो गैस, अभी पौधों में पानी डाल रहा हूँ बरसात की वजह से मकौड़े बहुत ज्यादा हो रखे हैं और, और देख लो और इतना बड़ा हो चुका है ये पौधा हम कुछ चीज दिखाई जा रहे हैं ये देखो ये देखो ये देखो इधर आओ देखो भाई क्या कर रहा है ये गाइस अब मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ और आपको बैक कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना तो गाइस आज मैं वीडियो फ़ोन से अपलोड करूँगा तो देखूँगा फ़ोन के ऊपर थंबनेल कैसी लगेगी तो थंबनेल देख रहा हूँ गाइस इसी के साथ ब्लॉक कॉन्ट करता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय ये देखो गैस ये देखो गैस हर्ष हो रही है और पानी भर चुका है गैस बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग